प्यार क्या हुआ प्यार में धोखा मिला मरने को जी करता है मरना चाहते हो तो मरो शौक से पर उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फर्क तो उसे पड़ेगा जिसने तुम्हें जन्म दिया है जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है अरे वो इन सोचते हैं कि अब तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे और तुम उस इंसान के लिए मरना चाहते हो जिसने तुम्हारी कदर भी नहीं की और तुम्हारे प्यार की कोई अहमियत नहीं समझी अरे तुम तो मर जाओगे लेकिन तुम्हारे बूढ़े माँ बाप वो जीते जी मर जाएंगे उसका क्या वो तो गया अब तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो बस बहुत हुआ आज से ही यह ठान लो कि जिसने तुम्हारी कदर नहीं की एक दिन एक दिन वो तुम्हारी एक झलक के लिए तरसे अरे वो तुम्हें खोने का अफसोस करे जिंदगी में इतना कामयाब बन जाओ अरे जिंदगी में इतना कामयाब बन जाओ कि वो तुम्हें खोने का अफसोस करे दुनिया पैसों के से मतलब रखती है तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारा प्यार भी तुम्हारा है अरे वो गया उसे जाने दो माँ बाप के लिए जियो और देखो ये दुनिया कितनी हसीन लगती है